मिलदा नसीब तरशन सतगुरुदार मिलदार नसीम बना तर्शन सतगुरुदार मिलता नसीब तर्शन सतगुरुदार भूलिंदा प्रकार दर्शन सत गुरुगा निदा प्रसिंबा शाह में तेरा गरदास है ओ मेरी सच्ची बातिशाह में तेरा अरदास है तेरे बाजो रखना है किसी तेरी आस है रा नाम में है दक्षण हे तरशन सत गुरुदा तीरा नाम है पक्षण हे तरशन सत गुरुदा निंदा में सीबानी तरशन सतगुरु घर है भगती का घर है दर पर say